मैं मैं और, इसी और आज मैं आपके सामने कितना भी खींचेंगे कितना भी तोड़ेंगे लेकिन ये टूटेगी नहीं गई बहुत मजबूत रस्सी है तो ठीक है गाइस इस रस्सी के साथ करेंगे हम जादू बहुत अच्छा लगेगा और आप प्लीज इस वीडियो तो गा, तो का पूरा पूरा आनंद उठाना तो प्लीज गाइज इस वीडियो को इसकी मत करना ठीक है गाइज तो बने रहो लास्ट तक तो अभी करता हूँ मैं इसको स्टार्ट इस तो चलो करते हैं स्टार्ट तो तो गाइस अभी वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट और इस खेल को भी स्टार्ट करते हैं तो गाइस हम पहले सब पहले सबसे मैं आपको बता दूं सारी चीज डिटेलिंग में देखना अच्छे से देखना बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये मैं एक कोई जादू नहीं करूंगा सिर्फ हाथों की सफाई से मैं इसको काट दूंगा और हाथों की सफाई से ही इसको जोड़ दूंगा तो वो चीज अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ भाई इसने ऐसा किया है रस्सी ऐसे कटी है और ऐसे जुड़ गए तो गाइज प्लीज इस वीडियो को तो हमें इसको ऐसे रखना है। हमने ये ऐसे करके रख लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है ये रस्सी हमें हाथ में उठानी है और बीच में से कटवानी है ठीक है गाइज तो हम सिंपली क्या करेंगे इस रस्सी को ऐसे करके एकदम से उठा लेंगे देखो गाइज अब हम इसको बीच में से कटवा लेंगे ये रस्सी कट चुकी तो अब हम इसमें गांठ लगा देते हैं ठीक है तो ये हमने इधर गांठ लगा दी देखो गई तो अब हमने इसमें गांठ लगा दी मजबूत वाली एकदम मजबूत वाली ये देखो गाइस तो इसमें मैंने लगा दी है गांठ और इसका इसके दो कोने एक कोना इसका एरा और एक कोना गाइस इसका एरा तो अब होगा गाइस असली जादू तो राहुल भाई इधर और मैं भाई का नाम भूल देता हूँ संतोष संतोष भाई इधर दर बैठ जाओ आप तो अब अभी इसको क्या करना है नीचे टेबल पर रख लेना है उसके बाद ये रस्सी अपने हाथ में ले लेनी है उसके बाद ये रस्सी भाई को पकड़ानी है ये रस्सी पकड़ो भाई और ये रस्सी बाई को पकड़ानी है ठीक है तो अभी जो गांठ में जो मैंने आ, कट की थी रस्सी उसकी गांठ मेरे हाथ में है, तो गाइज हमें क्या करना है इन भाई से एक फूंक लगवानी है और इन भाई से एक फूक लगानी है और मैं भी एक फूक लगा देता हूं तो अब करेंगे असली जादू गाइज स्टार्ट तो एक दो तीन छू <laughs> हमारी रस्सी जुड़ चुकी है, वो भी पूरी <laughs> पूरी कंप्लीटली तो गाइज अभी देखो आप लोग पूरी एकदम साबुत रस्सी है कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था ये रस्सी दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी और मैंने इसमें गांठ भी लगाई थी गाइज ये देखो रस्सी पूरी जुड़ चुकी है तो गाइस कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना अगर आपको ये जादू सीखना है तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको ये इसका जादू सिखाऊंगा तो गाइस अभी के लिए बस इतना है तो प्लीज प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक करना तो अभी के लिए बाय बाय एक तो लाइक से महाकाल शेट ठोक लीजिए